आप एक बच्चे को कांच के मर्तबान में बारिश बना मौसम के बारे में सिखा सकते हैं आपको एक कांच का मर्तबान एक प्लेट पानी और बर्फ की आवश्यकता होगी पानी को तब तक गर्म करें जब तक वह भाफ न बन जाए उसे मर्तबान में डालें और प्लेट को उसके ऊपर रखें कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद बच्चा बर्फ को प्लेट पर रख कर देखे कि क्या होता है आप समझा सकते हैं कि पानी भाप गर्म हवा में चला गया था और जब यह ठंडी प्लेट से टकराया तो पानी की बूंदें बनकर वापस नीचे आया तब आप कह सकते हैं इस तरह बारिश होती है हवा में पानी बादलों का निर्माण करता है और फिर बारिश की बूंदों के रूप में वापस आता है ये गतिविधि बच्चों को यह समझने में मदद करती है कि बारिश कहाँ से आती है